के दिन तो कैसे ये देखना गाड़ी चल ही नहीं पा रही मजा नहीं आता ना चलाने में के तो रोड रोड बुरा तभी आता है मुझे वीडियो देखो देखो देखो आसमान संखोल जाते हुए हम लोग आज मैं ड्राइव नहीं कर रहा मेरा छोटे वाला भाई कर रहा है बाद में दिखाऊंगा उसको आज वो खाली लम्हा खुले है मैं चलता है थोड़ा घुमाएंगे इसी वाने डोमेस्टिक ये अंधेरा अच्छा गया ये रोशनी आ गई नई नई बाइक मिले ना तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल रहा है अपने आप को मैं दिखलाता हूँ मैंने नई बाइक कौन सी परचेज़ की आपको दिखाऊँ बात कैसा ये है गाइस हमारी एम जो नहीं हमने खरीदी है अब इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी हमने परचेज किया इसको ज्यादा दिन नहीं हुए ज्यादा भी पंद्रह बीस दिन हुए थे तो धनतेरस पे ली थी हमने देखो गाइस लुक में एक नंबर है चलने में और मज़ा आता है इससे बताया तो तो आप बस खेचो फिर देखो कितना मज़ा आते हैं ये हमने साइड में लाइट लगवाई है अपनी आँखों में थोड़ी अच्छी लगे इसलिए आपको दिख रहा हो नहीं गाइस कमेंट करना हमारी बाइक कैसी है लुक में अच्छी है कि नहीं ये देखो ये हम कहाँ रखे हैं आज हम लोग लेट हो गए वरना यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं सुबह सुबह बहुत एक से एक सुपर बाइक मिलती है यहाँ पे हम आए थे लेकिन मुंड हो गया कोई नहीं मिला हमें और हम यहाँ आ गए चलो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस यार ड्राइव ये कर रहा था आज मैं नहीं कर रहा था कि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए ये मेरा छोटा भाई है मेरा तो जानते हो आप ठीक है बाबा ब्लॉग जो मैं बनाता हूँ बाइक कैसी लगी कमेंट करना आप ना जो मैंने बाइक लिया बताना आप कैसी है काफ़ी दिन हो गए तो मुझे पता है आप लोगों से मिले हुए लेकिन आज हम लोग मिले हैं और आज से हमारी वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना है आप लोगों को तभी मैं और नई वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए ओके बाय थैंक यू